मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पंजाब में सीएम चेहरा घोषित करने को लेकर तंज कसा है उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल ने में किस है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस का सीएम फेष का चेहरा घोषित किया है इसके बाद से अब सियासत शुरू हो गई मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ी कर दी उन्होंने कहा की राहुल गांधी पार्टी में किस हैसियत से पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर रहे हैं इस दौरान नरोत्तम ने कार मामले में कार बेचने के लिए हुई को अपनी कार गुजारी पर खेद व्यक्त करने की नसीहत दी है उन्होंने कहा भारत की जनता जब मन बना लेती है तो फिर सामान नहीं खरीदती हुई का ये कृत्य आपत्तिजनक है अपने सामान को बेचने के लिए कार को बेचने के लिए जिस तरह से वो भारत के अभिवाज अंग कश्मीर को लेकर चित्रांकन किया है वो चिंतनीय है मैं इसकी उसकी भर्तना भी करता हूं। इस तरह की कारगुजारी नहीं करना चाहिए उन्हें कार के लिए कि आप सीधा का सीधा राष्ट्रीय करना चाहिए इस तरह की कारगुजारी फिर न हो अन्य भारत की जनता जब मन बना लेती है तो फिर खरीदती ही नहीं ऐसा मत नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा जयंती आरोप श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से बात की और निर्देशित किया उन्होंने कहा हमारी सरकार में नर्मदा मैर को जीवित इकाई माना गया है उन्होंने पुलिस महकमे को लेकर कहा कि हमारी कोशिश है कि पुलिस की इच्छा भी बदले और पुलिस थाने में आने वाले से अच्छा व्यवहार करें किनारे आई के आईजी हैं, चाहे वो जबलपुर के होंपाल होशंगाबाद के हों इंदौर के हों सभी को कहा है की सख्त वहाँ पर कोई ट्रैफिक में दिक्कत न आए किनारों पर घाटों पर जो नमन करने के लिए माँ को आते हैं वहाँ कोई दिक्कत न हो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 दखल न्यूज आपके आप देख रहे हैं दखल न्यूज